मैं खुद को देखू तब मैं तुझको हर हाँ जगह तू तू बस गया देखू कैसे मैं खुद को बुला हूं मैं तेरे लिए बुला है तू मेरे लिए चेहरे तो एक हंसी सोचता हूँ किसी वादियों में बैठूँ सोचता हूँ किसी वादियों में बैठूँ और मैं भी थोड़े सुकून के पल जोड़ लूँ सोचता हूँ किसी वादियों में बैठूँ और मैं भी कुछ सुकून के पल जोड़ लूँ सोचता हूँ किसी पत्थर पर बैठूँ और कोई मूरत में गढ़ूँ सोचता हूँ किसी वादियों में बैठूँ और सुकून के पल जोड़ लूँ सोचता हूँ किसी पत्थर पर बैठूँ और कोई मूर्त में गढ़ सोचता हूँ मैं भी इस नश्रत की दुनिया में थोड़ा ईश्वरत भूल जाऊँ सोचता हूँ मैं भी इस नसरत की दुनिया में थोड़ा ईश्वरत भूल जाऊं सोचता हूँ मैं भी थोड़ी कविता थोड़े शब्द की जादूगरी दिखाऊँ सोचता हूँ मैं भी थोड़ी कविता और थोड़े शब्द की जादूगरी दिखाऊँ जानता हूँ लोग आते और जाते हैं जानता हूँ लोग आते और जाते हैं ये शब्द ही हैं जो बचे रह जाते हैं जानता हूँ लोग आते और जाते हैं ये शब्द ही हैं जिन्हें लोग गुनगुनाते हैं जानता हूँ जानता हूँ मेरी बात भी कोई मुझे दोहराएगा जानता हूँ मेरे बात भी कोई मुझे दोहराएगा कोई तो दीवाना होगा जो मेरे गीत गुनगुनाएगा कोई तो दीवाना होगा जो मेरे गीत गुनगुनाएगा मत घमंड कर अपनी ऊंचाई पर ये आसमां अच्छे अच्छों को झुकाता है मत घमंड कर अपनी ऊंचाई पर ये आसमां अच्छे अच्छों को झुकाता है मत रहे अपनी जिद में समय सबकी जिद मिटाता है कितने सिकंदर आए और चले गए कितने सिकंदर आए और चले गए तुझे क्या लगता है तू वो खुदा है जिस जहाँ को चलाता है तुझे क्या लगता है तू वो खुदा है जिस जहाँ को चलाता है मत घमन अपनी ऊंचाई पर आसमां अच्छो अच्छो को झुकाता है लिखने से पहले आओ थोड़े छंद में गढ़ लूँ नवनीत गीत लिखने से पहले आओ थोड़े छंद में गढ़ लूँ थोड़ा सा जी लूँ या थोड़ा मैं मर लूँ <deaf> नवनीत गीत, गीत लिखने से पहले आओ थोड़े से क्षण में गढ़ लूँ नवनीत गीत लिखने से पहले आओ थोड़े से क्षण में गढ़ लूँ थोड़ा जीनूँ या थोड़ा मर लूँ सृजन हमेशा ही प्रसव पीड़ा से होकर गुजरता है सीजन हमेशा ही प्रसव पीड़ा से होकर गुजरता है चाहे सूरज चढ़ता चाहे सूरज उतरता है चाहे सूरज चढ़ता चाहे सूरज उतरता है विस्तार या विकास दोनों ही विस्तार या विकास दोनों ही पुरुषार्थ का सूचक है विस्तार या विकास दोनों ही पुरुषार्थ का सूचक है पर अति आवश्यक दोनों के लिए समर्पण है पर अति आवश्यक दोनों के लिए समर्पण है ओढ़ी प्रकृति धूंध ओढ़ी प्रकृतने हर दिशा हुई मधोस ओढ़ा प्रकृति में हर दिशा हुई मधोस आओ हम तुम देखे का हृदय कोष आओ हम तुम देखे का हृदय कोश प्रकृति का हृदय बड़ विशाल प्रकृति का हृदय बड़ विशाल प्रकृत के पास